नाम क्या है और किस एरिया में आप ये बिजली चेक कर रहे हैं कि हमारा नाम है आर्यन मिश्रा मैं सावंता विद्युत वितरण खंड मछली शहर में पोस्ट हूँ मार्निंग रेट के तरह मार्निंग रेट के लिए मैं निकला हूँ इसमें जो अवैध कनेक्शन है उन्हीं पर जो सरकार बहुत कड़ाई से उसका संपालन करा रही है अवैध कनेक्शन वालों को छुना नहीं जाएगा सरकार ने बहुत ज़्यादा सुविधा दे रखी है कनेक्शन निःशुल्क है अवैध वालों से मेरी करबद्ध प्रार्थना है कि वो ले लें नहीं वो बक्से नहीं जाएंगे उनके खिलाफ़ एफआईआर होगी और भारी पेनल्टी उनको भरनी पड़ेगी उससे बचने के लिए पुनः अपील हम लोगों से और आप सारे लोग यहां पर हैं उनको समझाए कि भैया प्रॉपर रूप से कनेक्शन लेकर के बिजली का इस्तेमाल करिए और जिनके अधिक बकाया है उनसे भी मेरा निवेदन है कि वो थोड़ा थोड़ा करके उसको तुरंत जो है जमा करा दें बिना कनेक्शन के बिल्कुल सरकार ने मन मना लिया है बिना कनेक्शन वालों को नहीं दिया जाएगा बिजली और जो बड़े बकायेदार हैं जिनका दस हज़ार से ऊपर है बकाया उनको तो तुरंत काट दी जाएगी जिनका दस हज़ार से नीचे है उनको वार्निंग दी जाएगी इसको जो है रेगुलर जमा करें बाकी मैं यहीं दफ्तर में बैठता हूं, किसी की कोई प्रॉब्लम है बिजली की कनेक्शन लेने से देखें और कोई पैसा मांगता हो उसका तुरंत जो वीडियो बना लीजिए हमारे पास नहीं के निश्चित कार्रवाई यहाँ पर मतलब किसी के लाइट काटी गई है तो कुछ हुआ कनेक्शन अवैध मिला है अभी आप, आपके सामने ही खटिया कनेक्शन काटा गया है उनको चिन्हित किया जा रहा है नाम वल्दियत पता चल जाती है तो उनके खिलाफ जो कार्रवाई की जाएगी सोश थैंक यू